सीने में जलते शरारे हैं सीने में जलते शरारे हैं प्यार में हम मतवाले हैं कह दो जालिम दुनिया से अब हम धटकते ज्वाले हैं अब हम धड़कते ज्वाले हैं